सब सब तुम्हारा तुम्हारा है, है, हेड टेल सब है, पर यार वो सिक्का लौटा दो वो हमारा है और मैं जानता हूँ अब तक कई राजा हुए इस शहर में पर अब हम आ गए हैं ना, अब सारा शहर हमारा है कहती बातें बहुत अच्छी करते हो मैंने कहा धन्यवाद कहती मिलोगे कब मैंने कहा सदियों बाद, कहती तुम प्यार बारे क्या सोचते हो मैंने कहा पर हार भी मैं बड़े शौक से चाहता हूँ और बेटा जिनके दम पर तुम उछलते हो याद रखना मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ देख देख जिस तरह तुम देखते हो दूसरों की बहनों को मत देखा करो वरना ऐसी नजर तुम्हारी बहन को भी लग जाएगी और अगर तुम्हें लगता है कि उसके कपड़े छोटे हैं तो अपनी नजरें नजर कर लेना वो अपने आप ढक जाएगी वक्त खराब देखकर सब तुम्हें करोर कर रहा है ना तो भाई सवर कर एक दिन वक्त आएगा भी तुम्हारा, उस दिन तुम्हें भीग्नोर करने वाले तुमसे मिलने को तरसेगा दोबारा तब उसे बोलना पहली फुर्सत में निकाली अपनी अकड़ अपने पास रखना महाराज अकड़ के चक्कर में हमने उसे भी छोड़ दिया जिसके बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे तो तुम कौन हो बे? मुझे बोलते अरे यार तुझे तो अकल ही नहीं है मैंने कहा आपको है ना तो अपने पास रखो हर जगह ऐसे अपना ज्ञान बांटने की जरूरत इच्छ नहीं है जरूरत नहीं है ये सबकी अपने को जरूरत ही इस दुनिया में तो अच्छे अच्छे जाते हैं ठगे बुरे वक्त में तो छोड़ दिया था और अब कहती तुम लगते हो सके चलो कोई बात नहीं मोहतरमा आपकी बीमारी आएगी कृपया लाइन में लगे भाई इस दुनिया में हमें कैसे रहना चाहिए इस दुनिया में ना थोड़ा स्पेशल बन के रहना चाहिए क्योंकि अगर तुम आम बनोगे तो ये दुनिया वाले तुम्हारा चार डाल देंगे